और इसके बाद में गाइज हम लोग थे सीधा स्कूल अपार्टमेंट आते ही बंदे को नौक दिया और गाइज ये स्कूल कैसा लगा भाई बताना जरूर एक बार अब मुझे पता चल गया ये मुझे मरवाएगा इसीलिए सो so भाई जैसा कि तुम लोगों को पता है कि न्यू ए लेवल 8 की आ चुकी है और ये तीसरी लेवल 8 की गन है ठीक है और, और हम लोगों ने कल इसे मैक्स कर लिया है तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो बट मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लूँ देखो आज के इस गेम प्ले में मैं वही लेवल एट वाली ए यूज़ करने वाला हूँ और देखो तो मैं स्टार्टिंग में ग्लोरियस मूवमेंट दिखाता हूँ अभी रुको बाकी और भी क्लियर से दिखाऊंगा बट मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भाई ऐसा किया जाए या फिर नहीं तो गाइज वो है क्या डबल ए के हम चैलेंज करें हाँ तो, तो तुमने बिल्कुल सही सुना भाई डबल एके चैलेंज मतलब कि पूरे मैच में भाई मैं दो एके लेके घूमूंगा और भाई चारों तरफ हम लोग ग्लोरियस मूवमेंट बनाएंगे एकेएम वाला भाई मजा ही आ जाएगा कह बात करें इस वाले मैच की तो हम लोग लो उतरे थे नोवो वो यहाँ एक भी स्कॉट नहीं आई इसलिए लूट लाट लो ली हमने और उसके बाद में हमें ये पेटी मिली उठाई और सीधा जोर में निकल ले थे अब देखो पहले हम लोग सोच रहे थे मिलिट्री बेस जाए पर हमें पता था वहां भी कोई नहीं मिलेगा इसीलिए हम एकदम बीच बीच कोचिंग की और जैसे यहाँ पर आए अब गेट तो खुले हुए थे बट लेकिन जब नीचे उतरे तो बंदा कोई भी नहीं दिखाई दिया बट देखो थोड़ी देर बाद सरप्राइज मिल जाता है को। अब जैसी मैं छत पर उतरता हूं तभी पॉल ने बताया कि उसकी तरफ कुछ बंदे हैं। मैं जैसी इधर पे आया मेरे को बंदा दिखता है अब यकीन मानो ये बंदा बहुत ही ज्यादा लेट था इसलिए सबसे पहले जैसी मोलिफ है बंदा भी काफी ज्यादा चाल आगता तुरंत वहां से भाग गया लेकिन उसके बाद मैंने एक ग्रेड की पिन खींची मेरी हेल्थ कम थी और इस ग्रेड से और भी कम होगी एक काम करते हैं सबसे पहले लगाते हैं फर्स्ट ग्रेड जैसे लगाता हूं अब पॉल लेस बंदे को फिनिश कर दिया वरना पेटी देखने को मिलती है अमीरों वाली बट कोई नहीं अब देखो ऊपर दो बंदे हैं और मुझे चाहिए था ग्रैंड लेकिन तभी पीछे से ये बॉट आया अब बॉट तो भाई क्या हो गया पता नहीं क्राउन टीयर पे खेल रहा हूँ फिर भी इतने सारे बॉट आ रहे बट गाइज ये वाले ग्रैंड के लिए यार आज का पहला लाइक ठोक दो जल्दी से अगर लाइक नहीं किया तो अब जैसी इस वाले बंदों को नॉक किया और हमें पता था ऊपर कम से कम दो बंदे होंगे ठीक है इसलिए मैं पूरा नीचे से चेक करते तो जा रहा था अभी तुम लोगों को AKM की पेटी मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि देखो एमओ बहुत कम है और तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो भाई इस बंदे पेल रहा ना शॉर्ट से बहुत ही खतरनाक बंदा होगा मैं तुम्हें मिलाता इससे आ जाओ देखो भाई बॉट था ये बोट कब से शॉर्ट गन लग गए ये क्या चल रहा है इस गेम में तो चलो गाई जब तैयार हो जाइए पहला क्लेश तुमको पूरा एके एम वैरेंट मैं इसका नाम छोड़ अब लेकिन हम हम इसे लेवल वाली यहाँ इस वाली बोलेंगे अब इस ना फ्लेयर गन और जैसे पर आए वो लूट रहे भाई साहब लूटने के चक्कर में इतने अंधे हो गए ओपन में ही खड़ा था एक तो बंदा लिट हुआ होगा खैर अभी आप लोगों को ग्लोरियस मूवमेंट शायद एकदम क्लियरली नहीं दिखाऊंगा तो तुम्हारी इस कसर को पूरा करने के लिए एक बॉट आ जाता है ठीक है और इससे पहले कि तुम्हें तो ग्लोरियस मूवमेंट अच्छे से दिखाऊं जल्दी से गाइज सब्सक्राइब ठोक देना अगर आप चैनल पहली बार है तो देखो मेरे नाम के आसपास का बटन होगा नीचे ठोक दोन गेम ग्लोरियस मूवमेंट कैसा लगता है बाकी देखो किलफीड वगैरह सारी ओपी चीजें लेकिन सही बताऊं ना मुझे इस गन की इन गेम ये सॉरी जो ग्लोरियस मूवमेंट की जो पेटिया ना ये बड़ी खतरनाक थी अब सामने देखो हम लोगों ने देखा कि प्लेन बहुत सारे गए भाई तीन तीन, तीन फ्लेयर चलाई थी इस वाले स्क्वाड ने और उसके बाद जैसी यहाँ पर आए ये गाड़ी ठूकी और सबसे पहले मैं लो टॉस में ग्रेण करता हूँ क्योंकि अक्सर बंदे हैं वॉल के पीछे ही रहते हैं जैसी फेंका अब बंदा लिट तो हुआ होगा तो तो थे थे थे। अब अब एक एक एक बंदा तो लेफ्ट में में चला गया और नहीं नहीं ऐसे नॉक नॉक किया चीज देखते रहना कि अक्सर ना मैं बंदों को ज़्यादा जल्दी करे। फिनिश नहीं करता मैंने इस बंदे को फिनिश नहीं किया मैं दूसरे बंदे से फाइट ले रहा होता हूँ और तभी भाई वहां से कोई एम फोर से तो उस बंदे को मार देता है मेरा किल है और इस बंदे को पॉल मारता है।, तो है एक कूप मुझे किल देने के लिए ये भी भाई साहब इनकी कूप पत्थर में ठुकी और उसके बाद ये जितने लिट हुए ना मतलब मैं तुम लोग क्या बताऊ इन्होंने सोचा भी नहीं होगा ठीक है बट यहां मैंने क्या करा जल्दी से गाड़ी उठाई सीधा रश कर दिया और जैसे यहां पर आया बंदा दिखा भाई, भाई भाई बचा बचा बचा बचा, बचा। लेकिन सामने पर बंदा बस मेरी ये फसीट लग जाए और उसके बाद अब जैसे ही बंदा सामने लेट जाता मैं जल्दी से अपने एक रिलोड करता हूं और दोनों का ग्लोरियस मूवमेंट बना देता हूं लेकिन तभी देखो सरप्राइज पता नहीं कोई फायर होता है और मैंने देखा किस डायरेक्शन से आया तभी मेरे को बंदा भी स्पॉट हो गया अब गईज इस बंदे को जो मैं मारने वाला हूं ना तुम ये कहोगे भाई आज का दिन तो बन गया मतलब बस और कुछ नहीं चाहिए जी हाँ गाइज कुछ ऐसा ही होने वाला है अब जैसे ही मैंने इस बंदे पे रश किया तो मैंने पॉल को बोला कि इसके आस गाड़ी घुमा और तभी ये बंदा भाग के देखो वहां से रज के पीछे चला जाता है और जैसे ही मैं ये वाला ग्रहण करता हूँ ठीक है बस यही वो ग्रहण है मतलब ये एकदम होता ना, है ना सेटिस्फेक्शन आये क्या ही ग्रहण था मतलब कि टीम मेट का रिएक्शन भी तुम लोग यहाँ पे सुन सकते हो जैसे इस बंदे को नॉक करता हूँ इसका भी ग्लोरियस मूवमेंट बना दिया। तो हाँ एक बार फिर से आप आप आप लोगों को याद कि डबल चैलेंज के लिए कमेंट करना करना, बिल्कुल ठीक है। आप एक काम करना, आप में से कोई बंद कमेंट करना हाँ भाई करो सब उसे लाइक करना ठीक है और इसके बाद में हम थे सीधा स्कूल अपार्टमेंट आते ही बंदे को नॉक किया और ये स्प्रे कैसा लगा भाई बताना जरूर एक बार बट फिलहाल जय अब यहाँ पर मैंने पॉल को कॉल देता हूँ कि मैंने मेन बिल्डिंग पे बंदा नॉक किया है तो मेन बिल्डिंग की तरफ चल लेकिन पॉल देखो कहां से जाता है भाई अब मुझे पता चल गया ये मुझे मरवाएगा इसीलिए भाई मैं कूदिया क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं जाता ना आगे तो वापस नहीं आता अब जैसे ही मेरी ये फर्स्ट लगती है इन लोग कवर देने के लिए मैं रेडी होता ही हूँ तब तक ऑल डैड हो जाते हैं बट गाइस जो भाई उस बंदे को एम फोर से नॉक किया था ना ये खड़े खड़े एकदम ओ पे था फाइनली अब इसके बाद में देखो हम लोग बंदों को थोड़ी रहते तो हम यहाँ पर आए और यहाँ हम लोगों ने एक गाड़ी दिखाई देगी तो हम लोग समझे कि हाँ बंदे अंदर हो सकते हैं तो मैं सबसे पहले कुछ ग्रैंड करता हूँ अब ये वाला ग्रैंड तो कुछ ज्यादा ही भूख हो गया लेकिन हाँ मुझे बंदा अंदर दिख चुका था बट अब चीज़ देखो मैं समझ नहीं पाया कि बंदा कर क्या रहा था क्योंकि इसने पहले रश किया लेकिन तभी जब दूसरे बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया तो मैंने भी उसे नॉक किया और तीसरा बंदा तो भाई मेरे टीममेट को फिनिश करने में लगा था बट गए यार इस वाली स्कॉड का भी भाई क्या लगती है यार ये पेटी मतलब सही में यार मतलब ये आई थिंक सो मेरी फेवरेट हो सकती है अब तक की अब इसके बाद हम लोग आगे आए तो यहाँ दो बंदे मिले थे हम लोगों को मीटअप करना चाह रहे थे ठीक है अब इसके बाद एक बंदा और था ये भी हम लोगों से मीटअप रहा था ठीक है तो हम लोगों ने इन सबसे मीटअप किया और सबको मैंने एक ही चीज़ बोली कि आओ भाई तुम तो लोग की आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है तो मैंने इन लोगों को बताया कि देखो मैं आज अपने गेम प्ले में न्यू लेवल की जो ए है इसके बारे में लोगों को दिखाने वाला हूँ तो तुम एक काम करो ये पेट बनवा दो महंगी वाली बस तो ये सभी लोग मान गए उसके बाद देखो एक ये बेचारा सोलो ही था लेकिन ये दोनों डूए साथ में थे और ये देखो भाई साहब एक साथ तीन पेटी क्या ही लगती हैं गाई यार तो गाइज आई होप कि आपको आज का गेम प्ले पसंद आया होगा। मतलब एक एम का भाई तुम लोगों को ये वाली स्किन आई थिंक बेस्ट लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब बस कर देना और हाँ मुझे बताओ एक एम डबल गन चैलेंज किया जाए या फिर नहीं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बस मुझे आप लोग का इंतजार है मिलता हूँ गाइज़ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद वंदे मात्र मैंड जी गाइज